इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मोटर क्या है मोटर के टाइप्स और मोटर कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे कर कर सब सब पहले आपसे पूछे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि मोटर है क्या मोटर वैसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में उसे हम मोटर कहते हैं मोटर क्या है वैसे डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है यानी बदलता है। अब देखिए कि मोटर में, मोटर में में दूसरा पार्ट्स होते हैं स्टेटर स्टेटर देखिए बता रहे हैं ये हुआ रोटर हुआ मोटर का वार्ड ये एक स्टेटर है स्टेटर को कैसे वाइंडिंग किया जाता है ये सब अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उसके लिए आप चैनल को द इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए द इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यूट्यूब चैनल हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है फेसबुक इंस्टा वेबसाइट कहीं भी जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं दोस्तों द इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यूट्यूब चैनल सबसे बेस्ट चैनल यहाँ हर तरह की नॉलेज दी और हर तरह से डाउट को किलेट कराया जाएगा और रोटर को समझ हो और जानते हैं कि मोटर कितने प्रकार के होते हैं मोटर दो प्रकार के होते हैं डीसी मोटर और एसी मोटर डीसी मोटर इट मीन्स डायरेक्ट करेंट मोटर एसी मोटर अल्टीटर करेंट मोटर एसी मोटर के अंतर्गत आता है इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर है अपने बहुत सारे मोटर देखें होंगे ये सब क्या है एक इंडक्शन मोटर है अपने अपने घरों में देखेंगे जो छतों में लगा रहता है पंखा वो क्या इंडक्शन मोटर है देखिए ये मोटर ये मोटर क्या है एक इंडक्शन मोटर है इसके अंदर एक रोटर और एक स्टेटर होता है जो ऊपर ये घूमता है इसको हम स्टेटर कहते हैं जिसमें वाइंडिंग होता है और जिस पर यह घूमता है उसको हम रोटर कहते हैं अब दूसरा है डीसी मोटर यानी डायरेक्ट कल डीसी मोटर में पर दो प्रकार होते हैं सेपरेटली डीसी मोटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी आई होप कि मोटर क्या है मोटर के टाइप्स और मोटर का यूज कहाँ पे होता है आप समझ गए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे आई होप योर मोटर क्या है मोटर कैसे यूज किया जाता है कहाँ पर यूज किया जाता है ये सबकी जानकारी आप मिल गई उससे पहले चैनल चैनल पहले आपको